सर so, इस टाइम जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो रखी है हर एक कंट्री लॉकडाउन है कोरोना वायरस के इफेक्ट की वजह से लेकिन आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की नहीं कोरोना इफेक्ट की जो कि ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है जिसके इफेक्ट से ट्रांसमिशन लाइन की इफिसियंसी खराब होती है उसमें जो साइनोसोडल वेव होती है वो चेंज हो जाती है इस कोरोना इफेक्ट की वजह से और कोरोना इफेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए तो यहाँ पे हम जानेंगे कोरोना इफेक्ट क्या होता है क्यों बनता है उसके क्या डिसएडवांटेज है ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले है तो so, पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोरोना मतलब कोरोना इफेक्ट बनता, कैसे? So, corona effect बनता है कैसे तो कोरोना इफेक्ट बनता है यूँ है तो जब ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रहता है सो so, उसके सराउंडिंग में जो एटमोसफेयर होती है और ट्रांसमिशन लाइन का खुद का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन से डिस्टेंस दूर होती जाती है वैसे वैसे उसका जो है so, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैसे वैसे कम होता जाता है सो so, वहाँ पे एयर के एटमोसफेयर में जितने भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे आयोनाइज हो जाते हैं अब इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज हो जाएंगे सो so, ऐसा तो होता है नहीं है ट्रांसमिशन लाइन सिंगल वायर होता है वहाँ पे बहुत सारे वायर होते हैं सो so, हर एक ट्रांसमिशन लाइन अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो आयोनाइज हो जाएंगे अब वो आयोनाइज हो जाएंगे तो एक दूसरे ट्रांसमिशन लाइन के जो बीच में गैप है उसमें वो आर्क जनरेट करेंगे जिसको बोलते हैं टेनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर इसी को बोलते हैं कोरोना इफेक्ट जैसे कि मैंने मान लिया मेरे पास ये दो ट्रांसमिशन लाइन नहीं है ट्रांसमिशन टावर से होके जा रही हैं So, क्या होगा कि इसके जो आसपास का एरिया है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा सो so, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जिसकी वजह से जो इसके सराउंडिंग में एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी सो so, इन दोनों के बीच में जितनी भी एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी उसके बाद इन दोनों के बीच में एक आर्क जनरेट होगा जिसकी वजह से कोरोना इफेक्ट या फिर टेनी इफेक्ट जनरेट होता है सो so, अब फैक्टर जान लेते हैं की कि किन किन फैक्टर्स की वजह से कोरोना इफेक्ट बन सकता है सो कोरोना इफेक्ट बनने के लिए सबसे पहले चीज वहाँ का एटमोस्फेयर कैसा है अब जो हिल्स एरिया हैं वहाँ पे ये इफेक्ट कम पाया जाएगा कन कम्पेयर टू नॉर्मल प्लेस दूसरी चीज क्या है कंडक्टर शेप अब कंडक्टर शेप क्या होता है कंडक्टर शेप से क्या फर्क पड़ता है तो कंडक्टर शेप से फर्क पड़ता है अगर कंडक्टर शेप स्मूद है एकदम तो उस पर कोरोना इफेक्ट कम बनेगा लेकिन अगर वो कट कट में है जैसे कि हमारा वायर होता है सो उस तरीके से तो इसमें कोरोना इफेक्ट जल्द ज़्यादा बनेगा इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए जैसे कि जो ट्रांसफार्मर का रेडिएटर होता है सो so रेडिएटर अगर एक ही पूरा बना दिया जाए जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में ऑयल जाएगा सो वहाँ पे ज्यादा एयर का फ्लो नहीं होगा तो उस ऑयल को ठंडा करने में करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए क्या करते हैं ट्रांसफार्मर रेडिएटर बहुत पतली पतली स्लाइड्स होती है जिसमें ज्यादा एयर फ्लो होती है जिससे जल्दी कूलिंग होती है सो so इस वजह से जो कट वाली ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसमें बहुत सारे वायर एक साथ रोल्ड होते हैं उसमें जो है बीच बीच में कट्स होता है सो so उनके बीच में कुछ कुछ एयर गैप होता है उस वजह से भी इलेक्ट्रिक चार्ज एटमोस्फेयर में आ जाता है कोरोना इफेक्ट कि मैंने शुरुआत में बताया था ये पाया जाता है कोरोना इफेक्ट so के हो की, जिससे हो सकता है। दूसरी चीज स्पार्क जनरेट होने से एनर्जी का लॉस होता है जो कन्वर्ट हो जाती है हीट यानी की उषमा में सो so जब ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट प्रेजेंट होता है तो so वो जो है ओजोन गैस का फॉर्मेशन करता है यानी ओजोन गैस को बनाता है जिससे ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोजन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में जैसे टाइम बाद वो चीज जल्दी है वो चेंज होने लगती है जिसकी वजह से नुकसान काफी हो सकता है तो अब बात करेंगे कोरोना इफेक्ट को कम कैसे किया जाए तो भैया कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए सबसे पहले चीज ट्रांसमिशन लाइन के बीच का डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए जिससे की चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास पहुंचने से पहले धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा तो जिसकी वजह से कोरोना इफेक्ट कम होगा और या तो क्रॉस एरिया ट्रांसमिशन लाइन का थोड़ा सा बढ़ा कुछ बातें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया